गुड इवनिंग गाइज माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि के शतावट चूर्ण के बारे में दोस्तों आज शतावट चूर्ण के लगभग फायदे मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे आप प्रेस करके पास में जो बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद में दोस्तों ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव ज़रूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों अगर ओल्ड नोटिफिकेशन को आप सेव नहीं करोगे तो आपको किसी भी वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाएगी दोस्तों अगर आपको ये शतावट चूड़ना चाहिए या फिर आप अपनी किसी भी बीमारी को लेकर मुझसे मदद चाहते हैं हेल्प चाहते हैं कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा दोस्तों में आपको जो है फ़ोन लगा के पर्सनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा दूंगा और ये जो शतावर चूर्ण है ये भी आप तक पहुंचा दूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मेरी जो है आप देख रहे वीडियो में डलनेस आपको दिख रही होगी मतलब मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा सा झुकाव दिख रहा होगा थोड़ी सी आवाज़ में कमी दिख रही होगी दोस्तों एक्चुअल मैं आप सभी लोगों के लिए लगभग मैं दस दिन से कंटिन्यू दिन रात सुबह शाम वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से दोस्तों मेरी जो है आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बैठ गई है गले में सूजन आ गई है गला एकदम दुख रहा है मेरा और इसके बाद में दोस्तों तबीयत भी मेरी ख़राब है और दोस्तों कंटिन्यू आप लोगों को कंसल्टेंसी देना फिर कंटिन्यू वीडियो बनाना रात भर दिन भर दस दिन हो गए दोस्तों लगातार तो इस वजह से थोड़ा सा तबियत में डलने से पर फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो तो ले कर क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ का इंतजार करते रहते हैं दोस्तों इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ फ़ायदे मैं इसके बताने वाला हूँ आपको और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि जो शतावर चोड़ है इसके लगभग चालीस से पचास फ़ायदे का एक वीडियो में बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इसका जो चालीस से पचास फ़ायदे का वीडियो का जो कमें फायदे का जो वीडियो है वो बना के और अपलोड जरूर करूँगा आप लोगों की डिमांड पर तो दोस्तों तबियत ख़राब होने के बावजूद भी इस, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आ, दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है और हाँ अगर आपको ये चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आपको आपकी बीमारी को लेकर कंसल्टेंसी चाहिए तो भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा और कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा पतंजलि शतावर चूर्ण एक प्रोडक्ट हो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ठीक है ये शतावर चूर्ण है दोस्तों और पतंजलि का प्रोडक्ट सौ ग्राम का ही आता है दोस्तों ये जो शतावर चूर्ण है ना ये इसकी शतावर की जड़ का जो है चूर्ण है ये टाइप जड़ होती है इसमें इसका चूर्ण है पत्तों का चूर्ण है नहीं है ठीक है यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा और दोस्तों अगर आप चाहते कि शतावर के पेड़ का वीडियो में बनाऊँ इसकी जड़ और पेड़ के पूरे फायदे बताऊँ मैं तो उसका भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों की डिमांड पर मैं ज़रूर बनाऊँगा दोस्तों दूसरी साइड में इसमें लिखा हुआ है शतावर चूर्ण एन आयुर्वेदिक प्रोपर्ट्री मेडिसिन दोस्तों ये आयुर्वेदिक uh, दवाई है ये कोई टॉनिक नहीं है तो इसको चिकित्सकीय मार्गदर्शन के अनुसार ही लेवें मतलब आपको कोई भी अगर बीमारी है या अगर आपको uh, ये शतावर चूर्ण लेना है और आप आपकी बीमारी के अनुसार इसको लेना चाहते हैं तो आप मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं स्क्रीन पर दिएगा व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा दोस्तों इस इसमें सब कैटेगरी में लिखा हुआ है बाल्य और पोषक ये शरीर को बल देने वाली और शरीर को पोषक तत्वों से परिपूर्ण करने वाली एक उत्तम औषधि है दोस्तों इसमें 10 ग्राम में 10 ग्राम में शतावर चूर्ण मिला हुआ है मतलब ये 100 ग्राम शतावर चूर्ण है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं की गई है शतावर चूर्ण में दोस्तों रूट मतलब जड़ का चूर्ण है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जड़ का है पत्तों का नहीं है पाउडर फॉर्म में है इंडिकेशन में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है यूजफुल इन जनरल डिजेबिलिटी एंड वीकनेस मतलब सामान्य दुर्बलता और कमजोरी में आपको बहुत बहुत लाभ करेगा सजेस्टेड <coughs> यूजर्स में इसमें लिखा हुआ है वन टीस्पून स्पून वन टेबल फाइव ग्राम टॉयस डेरी और विथ वार्म मिल्क और अचारिकेड बाय द फिजिशियन दोस्तों इसको आपको पाँच ग्राम जो है डोज लेना है गरम दूध के साथ में या फिर आप अपनी बीमारी के अनुसार चिकित्सक के मार्गदर्शन में ले सकते हैं तो अगर आपको कोई बीमारी के लिए आप अगर आप लेना चाहते हैं इसको तो इसके लिए मुझे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा दोस्तों अगर ये आपको डब्बा खुला हुआ मिले टूटा हुआ मिले अगर ऐसा कुछ मिले तो उसे मत लीजिएगा उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे इसमें हवा लगी ये पत्थर हो जाता है दोस्तों पत्थर जैसा जम जाता है दोस्तों जी ठीक है तो इसको जब भी आप उपयोग करो तो इसका ढक्कन दोबारा से आप टाइट कीजिएगा ठीक है इसको मतलब आप वैसे ही मत छोड़िएगा टाइट बिल्कुल कीजिएगा इसको ठीक है इसके बाद में आ, इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों वही चीज़ कि अगर ये डब्बा फूटा टूटा हो तो मत खरीदेगा और वही चीज़ लिखी है कि आप इसको पैक करके रखिएगा नहीं तो ये लम्प मतलब जम जाएगा पूरा गुच्छे बन जाएंगे गुच्छे नहीं बनते दोस्तों पत्थर ही बन जाता मुझे पता है वंस ओपन कंज्यूम विद इन थर्टी डेज इसको खोलने के तीस दिन के अंदर इसका उपयोग करता है दोस्तों एक बार मुझे याद है एक पेशेंट ने शतावर शतावरचूर्ण का ऑर्डर करा मुझे पूरा प्रिपरेशन कम्पलीट करके लिए शतावरचूर्ण मैंने उनके लिए रखा और इसके बाद में उन्होंने बोला कि सर अभी ऑर्डर अभी आप अभी मत भेजिएगा मैं बाहर जा रहा हूँ मुझे बाहर से आने के बाद जैसा कुछ भगवान जाने क्या प्रॉब्लम थी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है तो उन्होंने मुझे लंबा समय दे दिया कि सर आप तब भेजिएगा इतने समय बाद देखा तो उनका शतावर चूर्ण पत्थर बन चुका था <laughs> तो ऐसी प्रॉब्लम होती है दोस्तों इसमें तो ये हंड्रेड ग्राम का आता है और एक सौ साठ रुपये का आता है दोस्तों बस इतनी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई है अभी दोस्तों इसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ दोस्तों ये क्या फ़ायदा करता है कैसे कैसे फ़ायदा करता है दोस्तों जिन लड़कियों को या जिन माताओं बहनों को दूध बढ़ाना है ठीक है तो दूध बढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है ये शतावर चूर्ण जिन लोगों को दूध बढ़ाना है अगर वो प्रॉपर डोज के साथ में सही से अगर शतावर चूर्ण का सेवन करेगी तो इससे आपका दूध बढ़ने लगता है आपको एक महीने में ही दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों जिन लोगों को जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिफंक्शन है मतलब लिंग खड़ा नहीं होता है लिंग में तनाव नहीं आता है ऐसे पुरुष अगर इसका सेवन करेंगे तो आपके लिंग में तनाव आना चालू हो जाएगा जिन लोगों जिन पुरुषों के दोस्तों लिंग में तनाव नहीं आता उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये जिनको इरेक्टाइल डिपेंशन बोलते हैं जिसको इरेक्टाइल डिपेंशन में दोस्तों काफ़ी फायदेमंद होता है दोस्तों शतावर चूर्ण जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत है ऐसी महिलाएं अगर शतावर चूर्ण का सेवन करेगी तो उनके सफ़ेद पानी की शिकायत भी जो है खत्म होने लगती है जिन पुरुषों को धात जाती है या स्वप्नदोष की प्रॉब्लम है ऐसे पुरुष भी इसका सेवन कर सकते हैं और हाँ जिन पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को ही धात जाने की समस्या है दोनों ही इसका उपयोग कर सकते हैं जिन महिलाओं को और जिन पुरुषों को जिन महिलाओं को और जिन पुरुषों को स्वप्नदोष यानी नाइटफॉल फॉल वेट ड्रेम्स की शिकायत है वो भी इसका सेवन जो है पूरा कर सकते हैं जो पुरुष नपुसकता के शिकार है जिनको नपुस्तकता इम्पोर्टेंसी है ऐसे पुरुष अगर इसका सेवन करेंगे तो उनकी नपुसकता भी जो है ख़त्म होने लगती है जिन महिलाओं को बांझपन है बच्चे नहीं हो रहे हैं ऐसी महिलाएं है अगर शतावर चूर्ण का सेवन करेंगी तो उनके बांझपन उनका दूर होने लगता है उनको काफ़ी फ़ायदा होने लगता है जिन महिलाओं की योनि ढीली है ऐसी महिलाएँ इसका उपयोग करेगी तो वजाइना टाइट होने लगती है योनि टाइट होने लगती है दोस्तों ये सभी प्रकार की थकान कमज़ोरी आलस के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों ये जिनको प्री मेच्योर एजुकेशन हो जाता है जिनको शीघ्र पतन की शिकायत है, जिन महिलाओं को पुरुषों को दोनों को दोनों में ही बहुत अच्छा ही काम करेगा लगभग दोस्तों ये आपके जोड़ों के दर्द जो आपको अर्थराइटिस गठिया की वजह से हो जाते हैं जोड़ों के तक तो किसी भी प्रकार से या किसी की किसी भी वजह से अगर आपको जोड़ों के दर्द हो गए तो दोस्तों ऐसे जोड़ों के दर्द में भी आपको बहुत अच्छा जो काम करेगा ये जो शतावर चूर्ण है दोस्तों आपके शरीर में सातों सातो धातुओं की पुष्टि करता है दोस्तों ठीक है अगर आप शतावर चूर्ण का नियमित तो रूप से सेवन करते तो आपको सातों सातो धातुओं की पुष्टि करेगा ये तो ये जो शतावर चूर्ण होता है शरीर में ताकत बढ़ाता है अगर आपके शरीर में ताकत कम है शरीर में चीठास नहीं है तो उसको आपको बढ़ाएगा जिन लोगों को चक्कर आते हैं ऐसे लोग भी शतावर चूर्ण का सेवन कर सकते हैं तो ये शतावर चूर्ण जो है ओवरऑल जो है आपके शरीर की समस्याओं को ख़त्म करता है और आपको लगभग आपकी सभी प्रकार की जो यौन दुर्बलता या यौन दोगे उससे आपको निजात दिलाएगा फ़ायदा दिलाएगा और इसके बाद में दोस्तों आपके शरीर की जो भी कमी ही है उसको पूरा करता है हालांकि दोस्तों इसके पूरे फायदे का वीडियो आप में जो है बहुत जल्दी लेके आऊँगा अगर आप लोग बोलेंगे तो चतावर चून के लगभग तीस से चालीस फ़ायदे या पचास फ़ायदे जो है मैं उसका एक वीडियो बनाऊँगा वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा आ, दोस्तों मेरी एक्चुअल में तबीयत ख़राब है मैंने आपको पहले ही बता दिया और बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो भी चाय पीते पीते है ना अभी हाल चाय ख़त्म हुई है वो माफ़ कीजिएगा दोस्तों इसके लिए अगर आपको कोई एतराज हो तो और अगर आपको दोस्तों ये चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या आपको अगर आपकी किसी भी बीमारी को लेकर पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा अच्छा लगा या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो का लिंक कॉपी करके दोस्तों अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक बार आप लगा लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम